पत्रकारिता और ज्वलंत मुद्दों को लेकर सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब ने एक विमर्श का आयोजन किया इस विमर्श में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा मीडिया उच्च श्रंखलता को बढ़ावा देता है सारभित मसले अब न मीडिया में नजर आते हैं न सदन में इस मौके पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेरा ने भी अपनी बात रखी सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब ने पत्रकारिता और जन मुद्दों को लेकर एक विमर्श का आयोजन किया इस विमर्श का आरंभ वरिष्ठ पत्रकार विजय दत्त श्रीधर ने यह कहकर किया कि बाजार और पत्रकारिता साथ, साथ चल सकते हैं लेकिन समस्या बाजार के पत्रकारिता के मालिक बनने से हो रही है क्लब के प्रमुख विजय दास ने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी विमर्श के मुख्य वक्ता प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेरा ने पत्रकारिता के समक्ष आई नई चुनौतियों की चर्चा की और कहा संविधान संविधान संविधान की की भावनाओं के के अनुरूप ही होना चाहिए। इनके साथ-साथ विरुद्ध आचरण, आचरण बेशुमार आचरन, रोज सुन रहे हम। हर राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, का जो एग्जिस्टेंस है जो वो उसको बड़ी भारी चुनौती उसकी नींव जो है बहुत कमजोर पड़ रही है और इस सेंस में जो मर्ज है जो जो हम आज चुनौती देख रहे हैं ना पत्रकारिता को और जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र भारत का जो संविधान है उसको चुनौती जब मिल गई है तो ये तो बच्चा है ये तो भारत का जम जो उससे जो पैदा हुआ बच्चा है इसको तो चुनौती अपने आप में पैदा हो ही गई है उसके तो अस्तित्व साँस उसकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो अपने आप में डाउन होगा और दूसरी बात क्या हो गई कि आ, जो विमर्श के मुख्य अतिथि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम ने कहा सदन में जो कुछ सारित होता है उसे मीडिया नहीं दिखाता मीडिया की सुर्खियां उच्च श्रंखलता ही बनती है हर जगह बुद्धि बल के बजाय बाहु बल दिखाया जाता है आज सार गर्भित बहस हाउस में नहीं होती उसकी जगह नारेबाजी होती है उसकी जगह उच्चलता होती है कोई धरने पर बैठ जाता है कोई बिना कपड़े पहने हाउस में आ जाता है कोई कमंडल लेके हाउस में आ जाता है अब ये बाहुबल का काम नहीं है, बल का रही है संगीत की सोलहियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ता झोपड़ी से महलोता मेलों तक